मुसलमान मुसलमान मस्जिदों में भी नवाज पड़ेंगे मुसलमान जब मस्जिदें जाएंगी तो मस्जिद के बाहर भी नवाज पड़ेंगे तो आप गुंडागर्दी करेंगे यानी आप गुंडागर्दी करेंगे यानी आप सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी करेंगे आप शबी रात के दिन बाइक्स निकालेंगे बाहर और लोगों को परेशान करेंगे यानी आप सड़क पर उतर ट्रैफिक रूल को तोड़ेंगे और आप गुंडागर्दी करेंगे आप खुद टीवी आरोप बात कर रहे हैं और अगर आप प्रज्ञा तो जिस तरह से इंडिया नेशनल चैनल है ये क्या मैसेज दे रहे हैं देखिए ये आपकी मैसेज प्रकार समाज कर दिया